रेंडम फैक्ट के तूफान के लिए रेडी हो जाओ। जाएगा नंबर तीन ग्रेविटी दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने किया है और बुक्स में भी हमें यही पढ़ाया जाता है लेकिन ये जानकार आपको हैरानी होगा कि न्यूटन से 1000 साल पहले मतलब कि सिक्स हंड्रेड में भारत के एक, एक एस्ट्रोनोम ब्रह्म ने ग्रेविटी के लो को डिस्कवर कर लिया था नंबर दो स्टीवन पेट दोस्तों आप लोगों ने मूवीज में डेट को तो देखा ही होगा जिसे बीच में ऐसी अलग करने आरोप भी वो नहीं मरता है खैर ये तो हो गई मूवी की भी लेकिन गुरु लोग दुनिया में एक ऐसा आदमी एक्सिस्ट करता है जिसके पास लगभग लगभग डेट जैसी पावर स्टीवन पेट नामक किस आदमी को तुम काटो मारो जलाओ इसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इसे सीआईपी नामक एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है नंबर एक सेफ्रॉन केसर इस दुनिया में सबसे महंगी खाई जाने वाली चीजों में गिना जाता है क्यूँकी केसर को फूल में ऐसी निकाला जाता है और सिर्फ एक किलो केसर को निकालने के लिए लगभग एक फूलों की जरूरत पड़ती है इसीलिए मार्केट में लगभग तीन ऐसी चार लाख रूपए किलो बिकता है दोस्तों क्या आपने कभी केसर खाया है या नहीं मुझे कॉमेंट में जरूर ऐसी लिखेगा